बड़ी प्यारी फिल्मी दुनिया वालों ने क्योंकि ये नया वर्ष है और नए वर्ष के उपलक्ष्य में मेला लगा है और आज समापन है कहना है ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा

प्यारी लाइन गाई फिल्मी दुनिया वालों ने ना तुम बेबाह हो ना हम बेबा है और, मगर क्या करें मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है मगर क्या करें

हम है। क्योंकि हम समझते हैं सभी लोगों ने वंदना की है माता रानी की गणेश जी की हम कहो कहो घर से वंदना करके निकलत के

हे माता रानी और हे गणेश भगवान अगर मौका पर तो हम डायरेक्ट कछ और गा सकते समय को विशेष ध्यान दे तो भाई केवल दो लाइनें हैं नए साल के उपलक्ष में हमारे भैया रमाकांत दिव्य ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखीं कहा है आओ एक दूसरे को गले से लगाएं क्यों आओ एक दूसरे

गले से लगाए नए साल की सबको नए साल की सबको शुभ काम ना नए साल की सबको शुभ काम नाए आओ एक दूसरे को गले से लगा

भाई पहली बात बैर भाव त्यागो सबको अपना बनाओ सम्मान्य हमारे मार साहब आपकी तरफ से इन रुपए की राशि आई इसी लाइन पर प्रसन्न होकर बहुत बहुत धन्यवाद है बैर भाव त्यागो सबको अपना बनाओ

दीन दुखियों का कभी दिल ना दुखा ये बात हर किसी के अंदर होनी चाहिए क्योंकि इस संसार सागर में ना तो कोई अमर है ना किसी को हमेशा रहना है जितना अच्छा कर सको करो क्योंकि पैर भाव त्यागो सबको अपना बनाओ

दुखा तो इसलिए कहा है सबकी सफल हो सबकी सफल हो सभी मनोकामना बराहो बब्बाजू जो विराजमान है उनसे ऐसी आशा करते हैं कि हे भगवान के सबकी सफल हो सभी

के मनोरथ पूरे पे के मनोरथ पूरे करो महामाई के मनोरथ पूरे करो महामाई मैया

कले ही मैया भी विराजमान है और ताल की माता कंकाली विराजमान है बिनती करत हैं कंकाली मैया सबकी की हरती बलाय कले ही मैया सबकी की हरती बलाएं नए साल की सबको